Semata kun mulai jahat, berapa nih tak, kau tak punya kau ini tak. जहाँ सारो मैं दुनिया भर की कि सज गारा तुम से जास